मैं आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ वृश्चिक राशिफल के जून माह के इस राशिफल के एक विशेष कार्यक्रम में जी हाँ तमाम हमारे दर्शकों के प्रश्न रहते हैं कि सर आप चंद्र राशि के साथ साथ नाम राशि पर भी हम राशिफल बताइए तो ये जो हमारा राशिफल आधारित रहेगा वृश्चिक राशि के जातकों के लिए नाम राशि और आपकी चंद्र राशि दोनों पर आधारित है आप दोनों से इसको देख सकते हैं दूसरा बताना चाहेंगे दर्शकों कि इस माह हम अमृतसर हिमाचल देहरादून जो है बनारस और चंडीगढ़ में उपलब्ध रहेंगे तो इच्छुक दर्शक यदि यहाँ से जो है तो आप लोग अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर करवा सकते हैं चलिए दर्शकों आगे बढ़ते तो इस माह में प्रमुख व्रत एवं त्यौहार कौन कौन से रहेंगे इसको बताएंगे और अंत उपाय बताएंगे उपाय आप लोग जरूर करिएगा क्योंकि तो देखिए जहां पर समस्या आती है वहीं पर उपाय फिर निकलते हैं इन उपायों को यदि करते हैं तो जून माह का यह राशिफल राशि के जातकों के लिए बहुत अच्छे परिणाम दे करके जाएगा तो सबसे पहले व्रत एवं त्यौहार पर दृष्टि डाल लेते हैं आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं कि तीन जून सोमवार दिन शनि जयंती रहेगी और इसी दिन सावित्री व्रत रहेगा बारह जून बुधवार दिन रहेगा गंगा दशहरा रहेगा तेरह जून बृहस्पतिवार यहाँ निर्जला एकादशी भगवान विष्णु को बड़ी प्रिय है और बृहस्पतिवार का दिन बृहस्पतवार का सहयोग रहेगा बहुत अच्छा रहेगा 15 जून शनिवार वाले दिन मिथुन संक्रांति है संक्रांति क्या है हमारे तमाम दर्शकों के मन में प्रश्न होता है तो सूर्य देव का एक राशि से दूसरे राशि में जब गोचर होता है इस जो है राशि परिवर्तन करते हैं तो इसी को संक्रांति बोलते हैं वर्तमान समय में सूर्यदेव ऋषभ राशि में संचरण कर रहे हैं ये पंद्रह तारीख को मिथुन राशि में आएंगे तो इसी को मिथुन संक्रांति बोलते हैं सोलह जून रविवार दिन रहेगा वट पूरीमा व्रत रहेगा इसके साथ साथ 17 जून सोमवार दिन ज्येष्ठ पूर्णिमा और 29 तारीख शनिवार दिन योगिनी एकादशी योगनी एकादशी एका का भी अपना बहुत महत्व तो है तो चलिए दर्शकों ग्रहों के गोचर की स्थिति देख लेते हैं लग्न में ही देवगुरु बृहस्पति आपके जो है संचरण कर रहे हैं वृश्चिक राशि में शनि और केतु धनु राशि में क्रमशः संचरण कर रहे हैं और शुक्रदेव स्वराशि वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं बुद्ध राहु मंगल सूर्य ये मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं सूर्यदेव हालांकि 15 तारीख से यहां पर देखे आएंगे तो हमने एक और चंद्रमा को इसमें हमने मानक मान करके राशिफल तैयार किया है तो इस माह क्या क्या घटनाएं वृश्चिक राशि के जातकों के साथ घटित होगी तो जून माह में आपको बहुत कड़ी मेहनत करनी होगी तब आपको जा करके सफलता मिलेगी इस माह आपको बहुत बड़ा सौदा कर सकते हैं और व्यापार में कोई बहुत बड़ा आपको लाभ होता हुआ मुनाफा होता हुआ दिख रहा है कर्म के क्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा में और मान सम्मान में वृद्धि होती हुई नजर आएगी इस माह आपको भाग्य का प्रॉपर साथ मिलेगा भाग्य का प्रॉपर साथ कैसे मिलेगा तो देखिए देवगुरु बृहस्पति लग्न में बैठे हैं और इनकी जो नवम दृष्टि है ये उच्च राशि पर पड़ रही है तो भाग्य से रिलेटेड आपको अच्छा साथ मिलेगा कड़ी मेहनत के बाद भी आपको चीजें हासिल होंगे कुछ लोग होते हैं कड़ी मेहनत करते हैं उनको चीजें नहीं मिलती लेकिन यहाँ पर स्थिति बिल्कुल जो है स्पष्ट है कि आप कड़ी मेहनत करेंगे लेकिन आपको जो है चीजें आपको अच्छी मिलेंगी आपको धन संपत्ति के संबंध में कोई शुभ समाचार की प्राप्ति होती हुई नजर आएगी हालाँकि आपके ससुराल पक्षे से कुछ वाद विवाद हो सकते हैं पड़ोसियों से कुछ आपकी तूतू मय में हो सकती है जो सेकेंड हाउस होता है ये आपके कुटुंब का होता है या आपके ससुराल का होता है पड़ोसियों का भी इसी को बोलते हैं तो अपनी और रिलेटेड या कोई जो है क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक चीजों से रिलेटेड आप कैसे करते हुए नजर आएंगे दृष्टि आपके सुख के घर पर दे रहा है तो आपके सुखेश जो बनते हैं शनि बनते हैं शनि की जो तीसरी दृष्टि है ये कोई ना कोई आपको वगैरह इस इस माह माह जरूर नजर आएगी और आप बहुत ज्यादा धार्मिक रहेंगे के के जातकों अंदर आपकी जो है जानने की इच्छा बहुत ज्यादा जो है बढ़ेगी दूसरा देख लीजिए बुध राहु सूर्य और मंगल तो इस माह हो सकता है कि आपकी कोई दुर्घटना भी करा सकते हैं दुर्घटनाओं से आपको बचना रहेगा व्यक्तियों का आदर एवं सत्कार इसमें आपको करना रहेगा इसी से आपके कुछ काम बनेंगे मेहनत और परमात्मा पर आप लोगों को भरोसा रखना वृश्चिक राशि के जातकों को अपने कार्य को पूरी ईमानदारी के साथ आप लोग पूरा करिए और संतान का सुख आपको अच्छा मिलेगा उच्च शिक्षा के लिए यदि आपकी संतान बाहर जाना चाहती हैं तो बाहर जाती हुई नज़र आएंगी क्योंकि जुपिटर की पंचम दृष्टि आपके देखिए पंचम भाव पर पड़ रही है और पंचम भाव जो होता है बुद्धि का तो इस माह आप कुछ एक्स्ट्रा सीखते हुए नजर आएंगे कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी आपके अंदर बहुत ज़्यादा रहेगी और एक चीज़ बताएं व्यापार में लाभ कमाएंगे चूँकि सेवेंथ हाउस में शुक्रदेव बैठे हुए हैं जीवन साथी के साथ संबंध आपके बहुत मधुर रहेंगे अविवाहित लोगों के लिए शुभ विवाह का योग बन रहा है और हाँ एक बात और बता दें जून माह में यदि अभी तक आपकी शादी नहीं हुई है चाहे ए, क्या कहते हैं आप महिला हों चाहे पुरुष हो तो इस माह कोई विवाह के बंधन में भी बंधेंगे और कोई रिश्ता भी आपको तय कर सकता है नए प्रेम संबंध ये माह स्थापित करता हुआ नजर आएगा किसी के साथ धोखाधड़ी तथा दुर्व्यवहार मत करिएगा नथा आपको परेशानी उठानी पड़ेगी क्यों उठानी पड़ेगी चूंकि शनिदेव सेकेंड हाउस में बैठे हुए हैं और शनिदेव का जो नेचर होता है ये नेचर ऑफ जस्टिस है न्याय के ग्रह हैं तो किसी के साथ कुछ गड़बड़ फ्रॉड वगैरह मत करिएगा इस महीने विपरीत परिस्थितियों में आपका प्रयास फल रहेगा अपने कार्य को सही दिशा देने का प्रयास करिएगा आर्थिक दृष्टि से स्थितियाँ सुदृढ़ हो सकती हैं आपको अचानक धन लाभ होता हुआ दिख रहा है सामाजिक मान सम्मान पद प्रतिष्ठा हासिल होगी उच्च प्रतिष्ठित लोगों के साथ साथ आपके संबंध मधुर बनेंगे संतान की तरफ से किसी भी शुभ प्रकार का समाचार मिल सकता है इस महीने घर परिवार या रिश्तेदारी में किसी प्रकार के मांगलिक कार्यक्रम संपन्न होंगे जिसमें आपको सम्मिलित होने का सु अवसर प्राप्त होता हुआ दिख रहा है यात्राएं अनेक करनी पड़ेगी खास करके धार्मिक यात्राओं का योग है और आज इसमें कर्म क्षेत्र में आपको अच्छी सफलता मिलेगी जो लोग भी जिनका रिजल्ट आने वाला है बहुत हद तक की उम्मीद है कि जुपिटर की जो नव दृष्टि भाग्य के घर पे पड़ रही है तो आपके फेवर में ये रिजल्ट रहें महत्वपूर्ण लोगों से मुलाकात होगी सार्वजनिक हित के काजों में आप सहयोग करते हुए नजर आएंगे इसम आपको अपना पैसा बचा करके रखना है किसी को उधार नहीं देना है और शेयर मार्केट से थोड़ी सी आपको दूरी बना नहीं रहेगी इस माह आपको अपने अधीनस्थ लोगों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार रखना पड़ेगा इस महीने परिवार के साथ अच्छे रिश्ते निभाएंगे परिवार के तरफ से मिलने वाले सुख में वृद्धि होती हुई नजर आएगी लेकिन कहीं कहीं पर विवाद भी होगा आप अपनी योग्यता से हर वो चीज हासिल करेंगे जो आप जो है करना चाहते हैं इस महीने हमने आपको बता दिया कि व्यापार के सिलसिले में आपको विदेश जाना भी हो सकता है रसूकदार लोगों के साथ आपके मधुर संबंध बनेंगे और ये आगे चल के आपके बहुत काम आएंगे तो दर्शकों ये तो था देखिए वृश्चिक राशि के जातकों के लिए एक बात और बताना चाहेंगे केतु की पंचम जो है छठे स्थान पर तो के मामलों में अब चलते हैं उपाय की ओर अंतिम हमारा जो पड़ाव आता है ये उपाय का आता है तो देखिये शनि मंदिर में शनिवार के शनिवार के दिन सरसों के तेल का आपको जो है दान करना होगा एक कासे की कटोरी में दूसरा बुधवार वाले दिन महीने में किसी एक बुधवार को कर लीजिएगा भैरव मंदिर में आपको काजल और एक देखिए काली सरस्वा एक, सरस्व एक काली सरस्वती है तो काजल का काली सरसों का आपको दान करना रहेगा बुधवार के दिन दशरथ कृषि शनि स्त्रोत व सुंदर का पाठ शनिवार के दिन करिए क्योंकि वृश्चिक राशि है शनि की साढ़े का अंतिम चरण चल रहा है तो कोशिश कीजिएगा कि सुंदर का और दशरथ कृषि स्त्रोत का पाठ हर शनिवार आप लोगों को करना रहेगा मानसिक रूप से श्री मंत्र का जाप आप लोग करिए और श्री सूक्त का पाठ नित्य करिए क्योंकि सप्तम स्थान पर देखिए देव गोचर कर रहे हैं यदि आप चाहते हैं अपने व्यापार से लाभ लेना तो आप जिस गद्दी पर बैठे वहीं पर बैठे बैठे आप लोग श्री मंत्र का जरूर जाप कर सकते हैं एकादशी के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप लोगों के लिए बहुत लाभदायक रहेगा और दूसरा एकादशी के दिन चावल का और दाल का सेवन आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना है तो ये आप लोग प्रयोग करिए और शुभता में वृद्धि आएगी इस चीज़ की गारंटी हम ले रहे हैं तो दर्शकों कैसा लगा हमारे प्रोग्राम कमेंट के माध्यम से बताइए और अभी तक यदि आप नए जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए बगल में बना बेलाइकन जरूर दबाइए और हाँ हम लोग आपके अपने शहर में आ रहे हैं अमृतसर हिमाचल देहरादून जो है वाराणसी और चंडीगढ़ तो यहाँ पर इच्छुक दर्शक मिलकर के अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं इस प्रोग्राम को आपने देखा लाइक किया आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीजिए इजाजत मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार